यार फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए पता है फास्ट फूड हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता मैं खुद भी मानता हूँ फास्ट फूड ठीक नहीं होता हेल्थ के लिए नहीं खाना चाहिए लेकिन वो प्यारी क्या जो दर्द ना दे